ऐसे मिला छिपा खजाना एक बार एक बूढ़ा व्यक्ति मृत्यु के कगार पर था उनके पुत्र बहुत आलसी थे बूढ़ी ने सोचा मेरे मृत्यु के बाद उनका क्या होगा उसने सभी को पुत्रों को बुलाया और कहा मैंने मैदान में एक बड़ा खजाना गाड़ दिया है कुछ दिनों बाद बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हो गई तब उनके पुत्रों ने खेत में खजाने की बहुत खोज की लेकिन असफल रहे तब गाँव के एक बूढ़े आदमी द्वारा उन्हें खेत में बीज बोने की सलाह देने पर उन्होंने कुछ बीज बोए समय के पश्चात हो नहीं गेहूं की बम पर फसल मिली उन्हें यह सोने की तरह लग रहा था तब उसके बच्चे भावुक हो गए और अपने पापा की बात याद करने लगे यही उनके पिता का छिपा हुआ खजाना था एक बाप जाते जाते अपने बच्चों को जीने की राह दिखा गया कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करे और मजेदार स्टोरी के लिए हमसे अपना रिश्ता बनाए रखे ऐसी और कहानी आपके लिए हम लाते रहेंगे जब तक के लिए बाय बाय